My name is Oscius. Once a novelist, but after losing my memory, I couldn't complete any valuable writing. Now I'm just a private detective for clients. Until I received this strange request: investigate an infamous estate and find a man's lost daughter. Besides the check, it was the name on the letter that intrigued me. हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल टाक हार्ट गेम ही तो आज के इस एपिसोड में हम खेलेंगे एक नया गेम आइडेंटिटी वी जो कि एक हॉर गेम है तो ये हम खेलते हैं तो थोड़ा डर लगने वाला है तो तब भी हम खेलेंगे अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एपिसोड को नेक्स्ट एपिसोड भी बनाऊँ इसका तो देखिए और बताइए कि गेम कैसा है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों तो ये खेलते हैं एक गेम तो एंटर योर नेम लिखा हुआ है तो हम नाम लिख देते हैं यहां पे क्या नाम लिखे है? चलो यहां पे हम कुछ भी लिख देते हैं छोटा-मोटा नाम जैसे कि राजू राजू नेम इज ऑलरेडी यूज्ड तो हमें कोई और नाम लिखना पड़ेगा ये भी ऑलरेडी क्या लिखें तो अब लिख देते हैं इन्हें से नाम रॉज पौल तो लिख देते हैं हम रॉज पौल रॉज पौल नहीं राजपाल तो ये नाम ले लें साहब तो ये नाम ले लिया है अब देखते हैं नहीं वन न्यू ओनर तो बेसिकली इसमें ये बताया गया कि इसमें एक आदमी होता है जो कि पहले एक नॉवलिस्ट होता है तो बाद में वो एक डिडेक्टिव बन जाता है लेकिन काम को चलता नहीं होता अचानक सबसे एक लेटर आता है तो जो लेटर अभी दिखाया गया था इसमें तो वो थोड़ा भूतिया है मतलब कुछ डरावना सीन होता है उसमें तो अब हम देखते हैं हाँ पड़े ऑन द रोड मतलब कुछ दिन तक या कुछ आधे दिन तक घूमने के बाद इसे दिखता है जिसके अंदर करता है उसके बाद का जो सीन है वह देखते हैं क्या होता है I need to find an alternative light source before the fuel in this lantern runs out. Thoda der ragna toh hai lekin hum khelenge tab bhi koi dikkat nahi hai. Toh humein kya karna hai yahan pe? Follow the footprints. Achcha candle jalaane the toh jala diya. Oh god. Candles here still work. There should be some more on the wall. Let me check. Haan toh. Ab kya hoga? यहाँ पे भी कैंडल जलाना है <coughs> तो भाई साहब क्या कितने कैंडल जलाने हैं यार पे इतना अंधेरा क्यों है? कितना really अंधेर ये कहां से आ गया ये बोतिया प्लेन है इस घर में कोई नहीं था रो प्लेन एयरप्लेन प्लेन प्लेन को उड़ा रहा यार चिल्ड्रन यूजली प्ले विद थिंक ये इसे पकड़ेगा इनसे कुछ लिए ना मुझे पता था इनसे कुछ नहीं मिल जाएगा इधर एयरप्लेन बन जाएगा देख चल क्या होता है पिक अप दिस लुक्स लाइक अ पेज फ्रॉम अ डायरी इंटरेस्टिंग शायद तो किसी डायरी का पेज है जबकि सेवरन डेज اكو लिखा गया था person who wrote this is, the most likely connected, is with connected with this missing person suggests nahi likha hai diary wo missing person se thoda connected hai reading the text i'm going to attempt <clears throat> to reconstruct <throat> the scene to find out information ye sahi tha bhai ye page ke andar ye ghusata hai ye sahi tha ye sahi tha तो तेरी ये कैरेक्टर कहाँ से चेंज हो गया पर मैं आगे पीछे देखने के लिए कह रहा हैं क्या है? Oh. मेरे पीछे एक और बंदा मतलब है बी केयरफुल मतलब कोई है पे? तो अब शायद हमें भागना है इसके पीछे और ये क्या ये कुछ मशीन जैसा है इसे हमें चालू करना है शायद अधिक रिकॉर्डिंग करना करना है, तो चीन चीन चीन, इसके करना है, है, रिकॉर्ड लाइट लाइट पीछे को देख रहा है, तो है। चल प्रेस्ट चल गया, चल, आगे चलते <coughs> जल्दी जल्दी चल भाई साहब ना आ जाएगा तो फट जाएगा हमारे इसे भी करना है टर पासवर्ड ओ लोन डाथ चलो बढ़िया जल्दी करो जल्दी कर, जल्दी कर। सो क्या एक खतरनाक आईड कोई नई मेमोरी मिलिया 10 द डायरी सडनली स्टॉप्स हियर व्हाट ऑन अर्थ डज दैट मीन कार्निवल द वोज दिस टाइप का लिखा है रीड्स लाइक समथिंग दैट वाज रिटन बाय अ वेंटिक आई थिंक इट्स एब्सोल्यूटली होप दैट मिस्टर राइकनबॉटस डॉटर इज नॉट द वन एक बार कमेंट में जरूर लिख देना व्हाट डू नाउ इज फाइंड द रेस्ट ऑफ द डायरी find out what's happened here there should be other clues among these sheets of paper so like paper seems to be charcoal the answer is probably close by the black powder seems to be charcoal to yahan kahi wo hai five place jahan se ye charcoal is page mila hua hai to hume find karna hai to dekhte hain ki kahan hai charcoal aur ye kya hai diary hai iski टाइम नहीं है पेज पढ़ने का स्किप करते हैं सर ओके चलो हटाओ जब मेरे को तो ये रहा प्लीज oh, That's not surprising. Gir again, ye, yahi hai wo fireplace but here the diary told something oh, else's track my attention. As I was getting The unburned fire, the chimney has been sealed off. It <laughs> seems <laughs> the owner didn't use the fireplace and its true purpose remains unclear. There must be some more clues around here. This candlestick is I think I know where there's an extra candle here. It's firmly attached to the fireplace. Seems to actually be a part of the fireplace. This is pretty important. दोस्तों यहाँ पे आ चुका है सीन टू जो कि हम क्लियर करेंगे एपिसोड टू में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करवाना बोले इंस्टाग्राम आई डी को फॉलो करना ना भूलें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा